सीधे पॉइंट पे आते हैं ऋतिक रोशन के घूस देने वाला विक्रम वेदा का टीजर जिसमें कड़क एक्शन के साथ ऋतिक रोशन का किलर लुक देखने को मिलता है जो पूरी तरह से भरा है जिसे और भी सेक्सी बनाता है इसीजर का बीजेम जो कानों के पर्दों को ठंडक और आंखों को सुकून देता है और लिटरली ऋतिक का इवल स्माइल देख के हमारा भी जानवर जागने लगता है पर इतना कड़क एक्शन और परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी विक्रम वेदा का टीजर काफी ठंडा लगता है सबर और ध्यान दोनों से सुनिएगा देखो जब मैंने ऋतिक रोशन के विक्रम वेदा का टीजर देखा तो मेरा अल्टीमेट रिएक्शन यही था कि अबे ये तो सीन टू कॉपी है यानी टेबल के कॉन्वर्सेशन से लेकर हथौड़ा मारने तक दोनों एक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो पूरी मूवी कट कॉपी गई है और ये चीज किसी को भी ऑर्गेजम देने का तो काम बिल्कुल नहीं करती ऊपर ऐसी वेदा का कैरेक्टर जिस एक्सेंट में डायलॉग मारता है वो लिटरली विक्रम वेदा की सबसे बुरी बात होने वाली है क्यूँकी ऋतिक रोशन की वो एक्सेंट नेक्स्ट लेवल पे फेक लग रही है और इससे ये भी क्लियर हो जाता है की विजय सेतुपति का बवाल वेदा का कैरेक्टर को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ओरिजिनल विक्रम वेदा के अंदर विजय ने नेक्स्ट लेवल पे आग लगाने वाली परफॉर्मेंस दी थी <laughs> और जैसे ही तुम ऋतिक रोशन के विक्रम वेदा का टीजर देखने लगते हो तब जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता है तो ओरिजिनल मूवी के साथ हर कोई कंपेरिजन करने लगता है क्यूँकी पुष्कर और गायत्री जो की ओरिजिनल मूवी के भी डायरेक्टर थे उन्होंने इस रिमेक को सीन टू तो सीन कॉपी करके ही बनाया है बस तुम्हें चेंजेस नजर आते हैं तो मूवी के एक्शन के अंदर जो काफी मासी और ग्रैंड लगता है और इस मसाला एक्शन के ऊपर ही ज्यादा पैसे फूके हैं, ताकि ऑडियंस को कुछ तो नया देखने को मिले बाकी पूरी मूवी ओरिजिनल विक्रम वेद का है। तुम खुद ही देख लो और क्या कहानी सुना है और यही डिस की बात है जिस वजह ऐसी ये टीजर मुझे एक्साइटेड नहीं कर रहा क्योंकि ये 2018 का माल है जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है वो भी बहुत ही कड़क डबिंग के साथ जिसे मैं अपने फ्री के छतरी पे या यूट्यूब पे कहीं पर भी देख सकता हूँ और जिसे मैंने पहले भी कहा था कि एक रिमेक कंटेंट के अंदर तुम सोना भी डाल के बनाते हो तब भी वो ओरिजिनल कंटेंट की बराबरी नहीं कर सकता क्यूँकी रिमेक मूवी का हर फ्रेम चिक चिक के बोलता है की मुझे फिर से बनाया गया है मैं एक रिमेक हूँ और रिमेक बना के मुझ पे ही अत्याचार किया जा रहा है क्योंकि ओरिजिनल मूवी की जो फीलिंग्स होती है वो रिमेक में जिंदा किया नहीं जा सकता फिर भले ही तुम उसी डायरेक्टर से फिर से वही मूवी बनाओ और विक्रम वेदा के इस रिमेक में तो हर फ्रेम हर सीन हर डायलॉग कॉपी है जिसे मैक्सिमम ऑडियंस ने ओरिजिनल मूवी में देख लिया है कच्चा चबा लिया है अब उसी बासी कॉन्टेंट को नहला दुलाकर फिर ऐसी दिखाओगे तो कैसा चलेगा माना की ऋतिक रोशन का किलर लुक है वो भी डेडली एक्शन के साथ तो इससे सब कुछ चेंज हो जाएगा क्या मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा भला कितना भी धासु ट्रेलर हो या टीजर हो इससे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता अब इस रिमेक विक्रम वेदा के मजे वही लेगा जो ऋतिक रोशन का फैन है और किसी ने ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी नहीं देखी तो इस टीजर को देखने के बाद मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो बंदा ओरिजिनल विक्रम वेदा ना देखे क्योंकि अगर किसी बंदे ने रिलीज से पहले ओरिजिनल विक्रम वेदा देख ली तो आधा टाइम उसका कंपैरिजन करने में और बाकी का टाइम डिसअपॉइंट होने में चला जाएगा क्यूँकी मूवी के कड़क एक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ भी नया नहीं है इस मूवी के अंदर और अगर आज के डेट में भी स्टार का जमाना चल रहा है खास करके हिंदी बेल्ट में तो उस हिसाब से विक्रम वेदा के इस रिमेक को सिर्फ ऋतिक रोशन का स्टारडम ही बचा सकता है क्योंकि उसके अलावा बिल्कुल भी कोई नया रीजन नहीं है इस मूवी को देखने का क्योंकि कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो मूवी का सस्पेंस मिस्ट्री ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी है जो कि विक्रम वेदा मूवी की जान होने वाली है और वही चीज इस रिमेक के अंदर मिसिंग है तो इसी बात पे जीपीएफ का जो वीडियो तुम्हें दिल पे लगाओ तो लाइक करना दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ टेक केयर गुड बाय